रॉकी है इसीलिए लोग हमसे डरते हैं रॉकी का नाम पूरी बंबई में ही नहीं पूरे पश्चिमी तट पर भी सुनाई देने लगा है बंबई में सब तेरे को सलाम ठोकते हैं सिर्फ रॉकी को छोड़कर इस बंबई में अब के एड्रेस में पिन कोड ना हो तो भी पोस्ट आ जाता है पता है क्यों अब उनका नाम ही इतना फेमस है सब लोग आपकी तरह थोड़ी होते हैं भाई कुछ लोग दस लोगों को टपका के खुद को डॉन समझने लगते हैं रॉकी बेंगलोर में मेरे लिए काम करना है अगर कर दिया तो पूरी बंबई तेरी पोस्ट देरी एड्रेस की वजह से नहीं आता लैंडमार्क की वजह से आता है और इस लैंडमार्क को पेन कोड तो क्या स्टैम की भी जरूरत नहीं है सोने के गुल्लक को चिल्लर बटोरने के लिए नहीं रखा जाता सिर्फ दस बारह लुखे लोग को ठोक कर डॉन नहीं बनाओ अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे